हेलो दोस्तों दिस इज रोहित कुमार फ्रॉम बाइन टू प्रयागराज और जैसे आप लोग देख रहे पीछे क्या लिखा है वो लेवल 2020 ट्वेंटी वो लेवल का जो एग्जाम होने वाला है 2020 जनवरी में उसके लिए एक महा मैथन क्लास चलेगी कब मेरे द्वारा 28 दिसंबर को रात नौ बजे तो रात नौ बजे आप सब लोग लाइव आइएगा यूट्यूब पे जहाँ पे आप जो भी आपके मन में क्वेश्चन है ट्वेंटी जो एग्जाम होने वाला है या वो लेवल के जो संबंधित जो सवाल है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं जहाँ पे आप मैं आपको डायरेक्ट लाइव उसका आंसर दूंगा और उस दिन और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर भी चर्चा करेंगे तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है यहाँ ये यह आज कोई सेशन नहीं है बस ये आपको मैसेज पहुँचाना है कि 28 दिसंबर को रात नौ बजे मैं लाइव रहूंगा जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन जो भी आपके डाउट्स हैं वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं पूछ सकते हैं तो बिना कुछ देख कर इसको अधिक से शेयर करिए सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक मात्रा में लोग जुड़ सकें अपने ग्रुप में भेजिए ताकि वो क्योंकि जब बहुत सारे लोग होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे आंसर होंगे वो उनके लिए ना ही उनके लिए तो लाभ होगा ही जो भी वो लोग उससे जुड़े होंगे उनको भी अधिक से अधिक लाभ पहुंचेगा तो प्लीज़ आपसे लोग रिक्वेस्ट है प्लीज़ उसको अधिक शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए तो मिलते हैं अट्ठाईस दिसंबर को रात नौ बजे ठीक है तब तक लिए थैंक यू सो मच